कैसे हो आप सभी लोग तो आज मैं आया हूँ ये टेस्ट करने के लिए कि क्या अकन रहे किन किन चीजों के आर पार जा सकते हैं और किन किन चीजों के आर पार नहीं जा सकते तो पहले है हमारा नॉर्मली हमारा एन पोर्टल तो फिर देखते हैं क्या रुको ये क्यों नहीं ऑन हुआ एन पोर्टल क्यों नहीं ऑन हुआ आ, वो आप कभी और YouTube में जाए तो सर्च कीजिए फिर मैं कभी और बाद में समय हो तो ट्राई कर सकता हूँ वैसे तो अब अगली बार ये ब्लॉक्स की तो देखते हैं कौन सा ब्लॉक जा सकता है स्टोन ओ स्टोन ने उसे रोक दिया है मुझे ज़्यादा उम्मीद तो है गूगल के ऊपर कि वो उसे रोक नहीं सकता उसने भी रोक दिया वेरी गुड बहुत अच्छी बात है ओपसीडी मुझे इसके ऊपर उम्मीद है कि ये रोकेगा और हाँ अब देखते हैं आग का गोला कैसे इसे ख़त्म कर सकता है और नहीं अगली बारी ये रुक और रुकड़ के इन पोर्टल फ्रे ओ उसने भी से दिया वेरी गुड अब बारी है हनी ब्लॉक देखते है ओ वाह ये तो इसे हरा रहा है बीघन तो इन सबको वाह उससे भी हरा दिया आप आइए बेडरॉक अब मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं कि वेडरॉक वेडरॉक के आर पार बीकन का जा सकता है तो फिर अब हम देखेंगे ग्रास ब्लॉक ब्लॉक बीकन। और देखते ग्रास ब्लॉक सकता है क्या ग्रैस ब्लॉक इसकता है प्लेस हो गया, गया। देखते है वैसे ऑप्शी रोक सकता था तो देखते है कि बीकन का नीचे का ऑप्शन रोक सकता है या नहीं और हाँ नहीं रोक सकता तो फिर हाँ गाइस तो कुछ भी हो ये दी आज के लिए वीडियो आज का वीडियो भी बस इतना ही है एंड थैंक्स फॉर वाचिंग अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और हाँ मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लेट होगी सॉरी गाइस तो फिर ये सी इन द नेक्स्ट वीडियो